मुझसे ही जुदा कर दिया तेरी नजर ने क्या कर मुझ से मुझ कु जुदा कर दिया मैं रहता मुझ तेरे पास कहीं अब मुझ मेरा तो है सस नहीं दिल कहता है तो से थोड़ा थोड़ा ख्याल तुमसे Tera tera, ab dikhein tu je na gusara hum ra. Meri aankh ki dua hai tere tera.